क्या जल, हाँ। के के जल हिट हुआ था पर अब सपना चौधरी कुछ ही घंटों के लाखों चार्ज करती हैं। सिर्फ स्टेज शो ही नहीं बल्कि वो अपने म्यूजिक वीडियो के लिए भी लाखों रूपए लेती है मीडिया की जानकारी के मुताबिक उनका एक म्यूजिक वीडियो कम से कम 50 लाख होता है। वैसे तो सपना चौधरी बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं। बिग बॉस के घर में उन्होंने अपने बोल्ड और मुफ्फट अंदाज से एक अलग ही जगह बनाई थी पर अब उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें सपना अपने घर में पोछा मारती नजर आ रही है जी हाँ देखिए मेरे साथ वीडियो